हमारे बॉलीवुड में बिना मेहनत और अच्छी किस्मत के किसी की नई या पार नहीं होती बॉलीवुड एक ट्रेस कैटरीना के, चक्कर में थोड़ा रुकना पड़ा था लेकिन आज देखे उनकी मेहनत ने उन्हें मशहूर कलाकार बना ही दिया है कैटरीना अपने स्ट्रगलिंग दिनों के बारे में बताते हुए कहती है की फिल्म साया के दौरान उन्हें जॉन अब्राहम के अपोजिट काम करने का मौका मिलता लेकिन इस फिल्म में वह काम नहीं कर पाई थी फिल्म में उनकी जगह तारा शर्मा को ले लिया गया था कैटरीना बताती हैं कि इस दौरान वह बहुत रोई थीं इसके बाद वो रोते हुए सलमान के पास गई थीं साल 2003 में फिल्म बूम से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत करने वाली कैटरीना फिल्म में अपने रोल को लेकर खड़ी हुई कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर प्राउड फील नहीं करती वह कहती हैं चीज़ें कुछ अलग होती अगर उन्हें उस दौरान फिल्म साया से निकाला नहीं जाता इस दौरान कैटरीना ने बताया कि किस तरह से उन्हें इस फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था इस दौरान कैटरीना ने ऐसा किस्सा शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में सलमान बॉलीवुड में उन्हें एक पिलर की तरह सपोर्ट करते रहे कैट ने बताया मैं अनुराग बसु की फिल्म साया का हिसाब बनने जा रही थी वह इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे जॉन अब्राहम फिल्म के हीरो थे मुझे भी इस फिल्म में कास्ट किया गया एक रात मुझे इस फिल्म के शूट के लिए बुलाया गया वह फिल्म का एक शांत शॉट था जो फिल्माया जाना था उस फिल्म में मुझे भूत का किरदार निभाना था शूट के दो दिन बाद मुझे पता चला कि मैं इस फिल्म से निकाल दी गई हूं जब मैं वहां से बाहर आई तो मैंने रोना शुरू कर दिया मैं बहुत रोई बता दें इसके बाद इस फिल्म में यह रोल तारा शर्मा ने निभाया था इसके बाद आगे वह कहती हैं कुछ दिनों के बाद मैं सलमान खान से मिली मैं रो रही थी और सलमान हंस रहे थे मैं उस वक्त सोचने लगी कि वह कितने मीन किस्म के हैं उस वक्त मुझे लगा कि मेरा करियर शुरू होने से पहले ही अब ख़त्म हो चुका है मेरी पहली फिल्म से ही मुझे निकाल दिया गया है अब यह मेरी ज़िंदगी का अंत है सलमान लगातार अब भी हंस रहे थे इसके बाद सलमान शांत हुए और उन्होंने मुझे भी शांत होने के लिए कहा सलमान ने कहा मैं जानता हूँ कि अब तुम यहाँ से कहाँ जाओगी यह होता है मेरे पास अभी इस चीज़ का जवाब नहीं लेकिन यह कभी कभी होता है और तुम आगे देखोगी सिर्फ़ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और कड़ी मेहनत करो